हाय गाइज़ मैं आपका दोस्त महादेव वेलकम बैक टू डे ट्रेडर हमेशा की जैसे मैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों एनालिसिस देखेंगे इंटाटे सेटअप भी देखेंगे और कल यानी विडेंस डे के दिन मार्केट किस ट्रेड करने की संभावना है वो भी आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले मैं इंटाटे चार्ट लगाया लगाया मैंने निफ्टी फिफ्टी निफ्टी फिफ्टी का तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जैसा ये ऊपर का एक ट्रेंड लाइन रजिस्टर ट्रेंड लाइन निकाला है मैंने जैसे मार्केट ने मा, मा, फ्लैट ओपनिंग के ओपनिंग मा, दिखाया मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिखाने के बाद ये जो ऊपर का ट्रेंड लाइन है ब्रेकआउट दे दिया ब्रेकआउट देने के बाद उसने एक पॉइंट दिखाया था तो ये पॉइंट ये फिबना टूल के हिसाब से मैंने काउंट किया था उसके हिसाब से एक हारमोनिक हारमोनिक ए बी पैटर्न ड्रा किया मैंने तो हमारा ऊपर का टारगेट था वो 2.24 इसके हिसाब से 17,490 और टू के हिसाब से टारगेट था हमारा 17,500 ये दोनों भी टारगेट कल के दिन यानी मंडे के दिन ऐचू हो गए ये हमारा इंटरटे सेटअप है और ये एक्चुअली शर्म मेरे सेटअप ही जो मैंने अपनी पब्लिक टेलीग्राम चैनल जो रियल ट्रेडर उसके ऊपर भी मैंने शेयर किया था तो ये हो गया हमारा इंटरटे सेटअप तो उस दिन हाई लगाया सेवनटीन थाउजेंड सेवनटीन थाउजेंड का उसने हाई लगाया था यह हमारा इंटर लेवल भी था मैंने ऑलरेडी जब संडे के दिन वीडियो बनाया था मंडे के लिए उसके अंदर मैंने क्लियर मैंने बोला था 17,500 ये ऊपर का लेवल है हमारा 17,500 थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवनटीन ये दोनों भी टारगेट हिट हिट कर दिया था मंडे के दिन ठीक है इसी ये हमारा इंटरडे सेटअप हम लोग अभी सीधा जाएंगे पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम में यानी कल यानी वेडनेसडे वेने, के दिन मार्केट किस तरह ट्रेड करने की उम्मीद है वो भी मैं पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊँगा एक मिनट दीजिएगा मैं, पे मैं 50 -50 का 15 मिन का मिनट टाइम फ्रेम लगा लगाता हो गया यह यहाँ पे मैंने हारमोनिक एक्स ए बी सी डी ड्रा किया है और हमारा कल के दिन यानी के दिन मार्केट सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के ऊपर अगर अच्छा सा बहलों के साथ प्राइस ऊपर की साइड में क्लोज़ करता है और ऊपर के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेगा तो हमारा ए, ए बी सी डी का जो पी आर जेड ई है वन पॉइंट फोर यहाँ पर एक निकल एंड ड्रॉ किया मैंने तो उसके हिसाब से नेक्स्ट टारगेट आ रहे हैं हमारे सेवनटीन थाउजेंड एंड सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फर्स्ट टारगेट रहेगा कल के दिन और उसके ऊपर भी अगर पॉजिटिव ट्रेड कंटिन्यू करता है और ऊपर के साइड में अगर मार्केट ट्रेड करने की कोशिश करेगा तो हमारा नेक्स्ट ट आ, है, आ बी सी जो रहा, यहां जो प्यार्जी प्यार्जी दी दी रहा वो है है पर देखिएगा जो पीआरजी पीआरजी 1.618 उसके हिसाब से मैंने मैंने लेवल काउंट किया 16,700 ये ऊपर के लेवल लेवल दे रहा हूं, कल के दिन के के दिन लिए और हमारा डाउनसाइड बनते नीचे तो उसका फर्स्ट टारगेट आ रहा है ये हमारी निफ्टी फिफ्टी के कल के इंटर लेवल है तो शायद आपको आ, ये नोट भी कर सकते हैं आप कल के दिन आपको ये काम पर भी आ सकते हैं तो ये ये हो गया निफ्टी फिफ्टी का हम लोग सीधा जाते हैं बैंक निफ्टी के इंटर डी से चार्ट इंटर डी चा, हमारा इंटरटी सेम से ही होता निफ्टी फिफ्टी के जैसा सेम ही हुआ ये मैंने ऊपर के एक ट्रेंड लाइन निकाल ड्रा किया है ट्रेनिंग रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन जैसे मार्केट ने उसको एक ब्रेकआउट दिया था ब्रेकआउट देने के बाद एक पॉइंट तो रिट्रेसमेंट मिला ये मैंने फिबोनाची टूल के हिसाब से मैंने काउंट किया था और उसके हिसाब से हारमोनिक एबीसीडी पैटर्न किया है वो हमारे एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से जो पे आरजेडी रहा है टू पॉइंट जो टारगेट आ रहा था एट्टीन थाउजेंड मैंने इंटरटी लेवल में दिया था मेरा जो वीडियो है वीडियो आप देख सकते हैं और टू के हिसाब से एम हमारा टारगेट 38 था थर्टी एट ये भी टारगेट हिट कर दिया मंडे के सेशन में और हाई लगा था थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड बाद में जैसा ही टू पॉइंट सिक्स वो नहीं टारगेट हिट करने के बाद कुछ मोमेंटम uh, आया नहीं रेंज बाउंड में मार्केट चला गया बाद में ये हमारा इंटरटे सेटअप था और इस सभी जितना भी मेरा इंटरटे सेटअप जो एक्चुअल उसको मैं एक्चुअल सेटअप बोलता हूँ एक्चुअल सेटअप जो भी है मैं अपनी रियल ट्रेडर जो पब्लिक चैनल इसके उसके ऊपर शेयर करता हूँ और डॉट टू डॉट लेवल में पोस्ट करता हम पर शायद आप जिसको भी इंटरेस्ट है तो रियल ट्रेडर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं थैंक यू गाइज ये हो गया हमारे इंटरटे सेटअप सीधा मैं आपको लेके जाता हूँ कल के दिन मार्केट किस तरह बैंक निफ्टी किस ट्रेड करने की उम्मीद है मैं मिनट के आपको बताने का कोशिश करूंगा करूँगा बैंक निफ्टी का पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट लगाया ही ध्यान दीजिएगा हमारा बाइंग है थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी के ऊपर हमारा बाइंग व्यू बनता है अगर थर्टी एट थाउजेंड या थर्टी के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है ऊपर के साइड में तो फर्स्ट टारगेट आ रहा है थर्टी एट थाउजेंडा फाइव हंड्रेड फिफ्टी और उसके ऊपर भी पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू करता करता है तो ये 38,700 एट मैंने हाउली टाइम फ्रेम में जो मैं एबीसीडी बी सी डी ड्रा किया उसके हिसाब मैंने थर्टी एट लेवल में आपको दे रहा हूँ कल के दिन के लिए तो गाइस ये ऊपर के लेवल हो गए और डाउन साइड हमारा मार्केट में निगेटिव होते भी बन सका थर्टी के नीचे हमारा नेगेटिव एक सीलिंग भी बन सकता है अगर हमारा मार्केट 38,000 के नीचे प्राइस क्लोज करके नीचे के साइड में अगर सस्टेन करेगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट आ रहा है 37 और 37,500 ठीक है गाइस यह हमारे बैंक टी के इंटरटे लेवल हो गए तो मैंने ऑलरेडी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों इंटर लेवल और इंटरटे सेटअप मैंने दोनों समझाने की आपको कोशिश किया है तो गाइज़ में आई होप आपको पूरा इंटरटेन सेटअप और इंटरटेन लेवल आपको समझ में आए होंगे तो ये वीडियो में आज यही ख़त्म करता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तब तक ये वीडियो आज यही खत्म करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नया वीडियो के साथ नया एनालिसिस के साथ तब तक के लिए अलविदा दोस्तों थैंक यू धन्यवाद जय हिंद